यार कुछ तो बात है ये विंडो सीट में मतलब यू खिड़की के पास बैठना गुजरते रास्तों को देखना जो भी नजर आता है उसको मन में भरना और ये सब करते करते अपने ख्यालों को बुनना अपने आप से जैसे बेहतर तरह से मिलना एक अलग तरह का सुकून हुँ। हुँ। कुछ तो बात है कुछ तो बात है ये विंडो सीट में